जाने जाने ना जाने कहाता है कैसा, कैसा हैी कर पहले थोड़ी फिर और लगभग नागे बराबर जरा सी कभी डालता हूँ ही चीनी की बजाय बदलता हूँ जायका अदरक सी या इलायची से मुस्त चमकाने के लिए महज दूध की छोड़ता हूँ कोताही हर नींद के बाद खोलता हूँ अपनी ही आँच पर हर थकावट के बाद हर के बाद छोड़ आया था पर चाय ये जादुई का इस्तिरा था मेरी आँखों में आके राख हुआ जाने किस देश का सारा था morning friends so good